शुभ कार्यो को यदि करना होगा तो दोपहर एक बजकर बावन मिनट से लेकर के दो बजकर उनतालीस मिनट तक ये आप लोग कर सकते हैं ये जो समय रहेगा ये विजय मुहूर्त रहेगा शुक्रवार दिन रहेगा दर्शकों तो दिशा सूल